पूर्व बीजेपी नेता प्रीतम लोधी का ब्राह्मणों के खिलाफ की गई टिप्पणी का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा छतरपुर में प्रीतम लोधी के खिलाफ आज ब्राह्मण समाज के लोगों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रीतम लोधी का पुतला दहन किया पूर्व बीजेपी नेता प्रीतम लोधी ने ब्राह्मणों के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की जिसके बाद प्रीतम लोधी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने तलब किया और खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है वहीं सोशल मीडिया में बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ उठ पटाख लिखने पर कुछ लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है मामले में एडिशनल एसपी ने ज्ञापन की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है प्रीतम लोधी के द्वारा खुले जनसंपर्क मंच पर ब्राह्मणों को अभद्र गाली गलत टिप्पणियों ब्राह्मणों को बोला गया है कि ये जो मंच पर बैठकर आते हैं कथा सुनाते हैं सात आठ घंटे बर्बाद करते हैं पच्चीस से तीस हजार रुपये ले जाते हैं ये कम उम्र की महिलाओं को आगे बैठाते हैं वृद्ध महिलाओं को पीछे बैठालते हैं फिर उनको टारगेट करते हैं उनके घर जाते हैं खाना पे भोजन करने के लिए उन लोगों के लिए जो गलत उससे मानसिकता से इसने ये गलत टिप्पणियाँ वो की है सोशल मीडिया पे हम लोगों ने उसके खिलाफ आज समस्त ब्राह्मण समाज ने एकत्रित होकर माननीय एस पी महोदय छतरपुर और माननीय कलेक्टर कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब के लिए ज्ञापन दिया है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जल्द से जल्द करने के लिए वो किया है निवेदन किया है छतरपुर द्वारा भी एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें विधायक टीतम लोधी जी द्वारा जो ब्राह्मण समाज के खिलाफ कमेंट्स दी गई है उसके खिलाफ़ानीय कार्रवाई के लिए है और एक और आवेदन है जिसमें प्रदीप चौरसिया और साथ में अन्य लोग हैं देवराज सिंह राजपूत मोहन सिंह इसमें भी इनका यही कहना है कि इन्होंने ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का कंटेंट को डाला है इसकी हम जांच करा के